नमस्ते मित्रों हमारे पास दो जीवन है हमारे पास दो जीवन है लेकिन दूसरा तब शुरू होता है लेकिन दूसरा तब शुरू होता है जब हमें एहसास होता है कि जब हमें एहसास होता है कि हमारे पास केवल एक ही जीवन है हमारे पास केवल एक ही जीवन है थैंक यू